भाई तेरे लिए एक शायरी है क्या है भाई सुनाओ ना तेरी आँखों की जादू मेरे दिल पे छाया कि तेरी आँखों की जादू मेरे दिल पे छाया भाई रुको ना दो मिनट मुद्द के आया